तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में समीर जी हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म एक्सेल फॉर्म और एक्सेल फॉर्म को हम एक, एक सीट से दूसरे शीट, एक फाइल से दूसरे फाइल और एक पीसी से दूसरे पीसी और एक सी डी से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कैसे भेजेंगे ये डिस्कस करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने मैंने बनाया हुआ है राइट सर अब इसका जो तो डेटा मुझे लेके जाना है और लेके जाना है कहाँ पे इस डेटा वाले शीट में अरेंज करना है तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था उसी चीज को यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं पहले फिर मैं एक एक करके हम इसमें अपग्रेड करेंगे तो मैंने दोनों फाइल को पहले रख लिया ताकि आपको पता चले कि कैसे होगा तो इस बार डेटा शीट में लेके जाना है हमें एक चीज और भी है आपको जब इस तरह की इस तरह की फॉर्म डिजाइन करें तो तो हमें कन्फ्यूजन होती है कभी कभी तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको नेम कर देते हैं हमने इसका नाम दे दिया आईडी इसका नाम दे देते हैं डीटी तो वहां पर कोडिंग करने में आसान होता है इसका नाम नेम रेंज हो हाँ टी एम यहाँ से ऊपर कर देते हैं उसके बाद यहाँ मैं इसका देता हूँ नेम इसका दे देता हूँ सिटी बार बार हमें फॉर्म में देखना नहीं पड़ता है ठीक है ना सर हम्म yeah, yeah. एरिया और इसका नाम मुझे जाना है बटर पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें आई डी कैलकुलेट करना है तो यहाँ सब्जेक्ट आर यहाँ पे हम सेंड नाम का एक मैप को बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम आ, आई डी इक्वल टू अपेशन डॉट वर्कशीप फंक्शन डॉट मैथ्स में हमारा जो है डेटा डॉट रेंज ए बाई ए हमने देख लिया ठीक है data, right? hmm. Sheets, data, अब यहाँ हम करते हैं रेंज ए पैंसठ हजार डॉट एंड एक्सल एस आट ऑपसेट जीरो वन वन वा, वा, कॉमन जीरो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई डी प्लस अब आई डी प्लस वन ठीक है आई डी प्लस वन और इसी को हम कॉपी करके नीचे पेज करते हैं और यहाँ पे हमने जीरो और यहाँ पे हमने वन कर दिया ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और यहाँ पे हो जाएगा हो जाएगा हमारा टू और ये हमारा हो जाएगा टाइम ओके okay? अब हम हम इसको जगह पे हम करते हैं और टाइम के पे हम देते हैं रेंज और रेंज में हम देते हैं यहां पे क्या है टाइम के बाद नेम तो यहां पे नेम लिख देते क्योंकि हमने उसका नेम कर रखे इसलिए ठीक है अब इसमें सबके आगे सीड्स लगाना हम भूल गए हमें यहाँ पे सबके आगे सीड्स लगाना होगा सबके आगे हमें सीड्स लगाना होगा कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट ठीक है और फिर यहां पे अगेन मैं देता हूं आ, इसी पे पेज कॉपी पेज कर देते नेम के बाद होता है सिटी तो यहां पे थ्री का जगह हम कर देंगे फोर और यहां हो जाएगा सिटी लेकिन इनवर्टर को वहां पर डालिएगा ठीक है सर क्योंकि जो डिफाइन नेम है वो एक्सल का है वीवीए का नहीं है जो आप डायरेक्ट डाल रहे हैं एरिया एन यहां पर इज द एनआर और फिर यहां पे एम एस जी बॉक्स एम एस जी बॉक्स यहां कर देते हैं डेटा है या सेव कर लीजिए लेकिन एक चीज यहां पे देखिए हमारे साथ जो फॉर्म है ना सर फॉर्म में आई हो गया डेट हो गया टाइम हो गया ये ब्लैंक है मैं चाहता हूं ये ऑटो फिल होना चाहिए ऑटोमेटिक जब हम इंट्री करते जा रहे हैं तो ठीक है तो यहां हम करते हैं रेंज आ, आई लिखा हुआ है यहां पे रेंज इन को हमें आई डी डॉट वैल्यू इक्वल टू तो आई डी प्लस वन देन रेंज डी dot value equal to date and range tm dot value equal to time टाइम okay. उसके बाद रेंज यह आपका बी नाइन यहां पर आप अलग अलग देना है तो अलग दे सकते हैं नेम name name name clear एक लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया try कर, करें, अच्छा, ट्राई, करें अच्छा, ट्राई कर लेते हैं ठीक है जी। अब चलिए बारी आती है इसको टेस्ट करने की ठीक है ने, ने। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल तो यार कुछ नहीं करना अपने आप हो जाएगा ठीक है एक बार इंटरव्यू ब्लैंक होगा एक बार वो भी नहीं होगा जब इवेंट मांग को करेंगे ना तो वो भी चीजें भी अपने आप हो जाएगी पूजा सिटी में दैली एरिया आपका हो जाता है नॉर्थ और अमाउंट हो जाता है सिक्स अब इस राइट क्लिक करके मैं असाइन असाइन मैक्रो और मैक्रो और को अब अब एक एक बार इसको क्लिक करते हैं देखिए आईडी गया पे छोटा सा प्रॉब्लम है ए वन क्यों आया क्योंकि वन तो ऑलरेडी इंटर हो चुका है ना सर यहाँ तो टू शो होना चाहिए क्या तो यहां आईवी प्लस वन नहीं प्लस टू हैं, ठीक है ये अब यहां पे दूसरी एंट्री करते हैं हम तो ये अगर टू में चेंज हो गया है तो फिर से स्टार्ट से शुरू करें टेस्ट करें नहीं हाँ, यहाँ पे एक बार एक बार यहाँ पे पूनम सॉरी पर यहाँ पे पूनम सिटी में हमने डाल दिया नोएडा एरिया हो जाएगा हमारा सेंट्रल अमाउंट हो जाएगा हमारा 850 फिफ्टी सबमिट एनाउंट इस बार थ्री है परफेक्ट क्योंकि दो इंट्री हो चुका है जी समझ गया? तो ये परफेक्टली वर्क तो था था हम में जो डेटा है उसे हम उससे शुरू से ट्राई करे तो मतलब वर्क होगा जी जी जी ठीक है ये जो चीजें है है। तो हैं है ना? है नाम पे फॉर्म के नाम से मैं फॉर्म वन फॉर्म के नाम से ऑलरेडी है फॉर्म वन के फॉर्म के नाम से फॉर्म वन के नाम से डॉट एक्सलेस एक्स हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं ठीक है और जो डेटा है इस डेटा को मैं यहां से आ, करता हूं मूव क्या करता हूं मूव और एक नई बुक में ठीक है और इसको मैं सेव करता हूं डेटा नाम से लेकिन अलग किसी ई ड्राइव में ठीक है एक में, एक में मैं मोर ऑप्शन पे आता हूं ई e ड्राइव के किसी एक फोल्डर में कर देता हूं मैं अंदर ई e ड्राइव के ट्वेंटी डेटा फोल्डर के अंदर ठीक है और ए हो जाता है एक्सेल वर्क बोक और डेटा अंदर के अंदर है सर ई e ड्राइव के अंदर ही कर देता हूँ डेटा नाम से नहीं ना मैं डेटा नाम से ऑलरेडी है नाइन के अंदर ठीक है एक्सेल वर्क बोक माइक्रोन फाइल नहीं जस्ट डेटा फाइल ठीक है।, है सेव कर देता हूं अब मैं इस फाइल को करता हूं क्लोज अब वापस मारते हैं अपने विज़ुअल पे अब मुझे जो डेटा भेजना है अब इसमें इस सीट में नहीं भेजना है मुझे ई ड्राइव के अंदर 2021 के अंदर जो हमारा फाइल ए है, जो फाइल है डेटा उसमें भेजना है तो ये चीजें तभी होगा जब हम इसको ओपन करेंगे ठीक है तो हमें यहां ऊपर करना होगा बर्क बुक डॉट ओपन राइट और ओपन में आपको यहां देना होगा पाथ कहा से फाइल ओपन करना है डेटा डॉट एक्सएलएस सॉरी एक्सएलएस एक्स राइट अब उसके बाद जहां जहां डेटा सीट है वहां वहां यहां पे आपको देना होगा वर्क बुक्स डेटा डॉट समझे तो क्योंकि फाइल है कि दो फाइलों के बीच में वर्क हो रहा है तो आपको हर जगह जहां भी सीट का यूज हुआ है रेंज का यूज हुआ है वहां पे आपको ये चीजें करनी पड़ेगी और साथ में आपको करना पड़ेगा यहां पे इसके आगे जो तो रेंज है इसमें भी आपको वर्कबुक्स डॉट डेटा नहीं यहाँ पे फॉर्म वन और फॉर्म वन के अंदर सीट्स और सीट कौन सा है फॉर्म है समझे तो दोनों तब हमें मतलब यहां पर आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा जरूरी है नहीं, नहीं। मैं तो फिर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अच्छा, ठीक है और जहां जहां हमने इसका यूज किया हुआ है सब जगह इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हो गया अच्छा, अब जो है हमने फाइल को अपना काम कर लिया हमें अब फाइल को हमें वापस क्लोज करना होगा तो यहां पे हमने किया वर्क बुक्स और कौन सी फाइल क्लोज करनी है तो हमें करनी है इस फाइल को क्लोज क्लोज के साथ ट्रू अब हो सकता है क्लोज होते हुए फाइल सेव ना हो क्या सर तो एक बार हम फाइल को सेव कर देते okay? दिक्कत है अभी वन डॉट एक्सएल एस में भी वर्कबुक्स क्यों लिख रहे हैं मतलब ओ... फाइल जो ओपन होगा तो कौन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा ना जी। फॉर्म तो एक्टिवेट रहेगा नहीं फिर आपको डेटा सही है सही जगह से ले रहा है सही जगह, जगह जा रहा है इसलिए मैंने फॉर्म कर दिया है और यहाँ पे एक्सलेस नहीं होगा यहाँ पे एक्सलेस एम होगा क्योंकि माइक्रोनेबल फाइल है समझ में आया सर जी हमने ऐसा क्यों किया जी तो कहने का मतलब फाइल जब तक फाइल ओपन नहीं होगी तब तक उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी डेटा नहीं कर सकते जब तक कि हम फाइल को ओपन नहीं कर लेते तो आपको ओपन करना जरूरी है और फॉर्म नहीं आता फॉर्म वन है हमारा नहीं। नहीं। ये अपना नाम ही डाल देता हूँ सुजीत कुमार सिटी में तत्काल तो, नहीं। नहीं। तो फौर्म वारे। फौर्म वारे। टेस्ट। टेस्ट मैं हूँ मुजफ्फरपुर में एरिया हमारा है नॉर्थ और अमाउंट हमने डाल दिया ठीक है yeah. सबमिट पे क्लिक करते हैं, डेटा है से ठीक है चौथा yeah. नंबर आ गया ना यहाँ yeah. अब मैं एक बार डेटा को चेक करता हूँ क्या सही हुआ या नहीं हुआ तो इसके लिए मैं 2021 के अंदर 9 के अंदर इस डेटा फाइल को ओपन करता हूँ परफेक्ट ठीक है yeah. अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि ये तो मेरे तो मेरे ये तो तो तो ना सर अगर आपके पास अगर कोई टीम ड्राइव है ई तो ड्राइव e में जो मैं रखा है यहाँ उसको आप टीम ड्राइव में रख दीजिए बात वहां के दे दीजिए होगा ना ड्राइव से उसमें तो कहने का okay. मतलब जो जो है है जो जो जो ये ये हमारा डेस्कटॉप पे फॉर्म फॉर्म पड़ा हुआ कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं। तो अगर आप 100 लोगों से डेटा इनपुट लेना है तो 100 लोगों को ये फाइल, फाइल आपने भेज दिया जी। लोगों को क्या होगा कि आप, आपके टीन ड्राइव का एक्सेस होगा एक्सेस का पाथ जो है पाथ है वो ओपन में डाल दीजिए ओपन करेगा और उसको डाल दीजिए ठीक है, जी, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इस चीज़ें नहीं होती टीम ड्राइव नहीं होता है। तो क्या करें? क्या? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गूगल ड्राइव उसके लिए आपको गूगल ड्राइव को डाउनलोड करना पड़ेगा ठीक है तो आपको गूगल ड्राइव खोलना है अपना आई डी से लॉग इन करना है और यहाँ सेटिंग पे जाके गेट बैकअप एंड स्कैन फोर विंडोज पे क्लिक करना है। ये, ये।, ये आपका डाउनलोड होगा कुछ एमबी का फाइल फाइल होता है है एमबी की मैं इसको ओपन किया इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले ठीक है एक क्वेश्चन है है वो शेयर शेयर ड्राइव ड्राइव अगर है मेरे पास कोई काम में हाँ तो में, हाँ। जो में जो हाँ, तो बस हाँ, जो आप अपना डेटा डालेगा कुछ मिली से अच्छा समझे ओके तो इफेक्ट नहीं करेगा कोई मतलब लेकिन हमें लगता है कि में हो सकती है। क्या लग रहा है कुछ मिली सेकेंड में ही सौ लोग दो सौ लोग माना ही डेटा पंच कर देगा सर क्या लग रहा है सर तो एक बार अगर दो इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे आया तो सिस्टम को सी वन पे डाला फिर सी वन पे डाला तो लास्ट टाइम जो सेव होगा उसी रखेगा ना फिर तो उसमें नॉर्मल रखिए ऐसे मान लीजिए किसी का अगर मान लीजिए कि मान दो एक बार इंट्री मिल गया तो एक एंट्री एक्सेप्ट करेगा एक को हो जाएगा फिर फिर फिर वो करके अगेन ट्राई करेगा उसको हो जाएगा ठीक है आगे चल के हम आपको इसमें और भी एड करना सिखाएंगे कि फाइल को ओपन करने से पहले उसका स्टेटस चेक कर लेगा कि वो रिडोनली तो नहीं है अगर जब तक उसका स्टेटस नॉर्मल नहीं हो जाता तो ये चीज़ हम आगे क्लास में बताएंगे फिलहाल आप इसको ऐसे रख सकते हो। जी। तो ये जो हम इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, पता नहीं टाइम ले रहा है में। क्या होगा कि मुझे मेरे यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा मतलब डॉक्यूमेंट है डाउनलोड है ना ऐसे गूगल ड्राइव का एक फोल्डर बना देगा ठीक है और जैसे मैं मैं इस इस वो फाइल को ड्राइव में डाल दूंगा जैसे सेव करूंगा, गूगल ड्राइव ड्राइव उसको में अपडेट कर कर देगा, जिसको हम कहीं भी आसानी से से देख सकते हैं। बट इतना टाइम क्यों ले रहा रहा है? है। फिर रन करें उसे शायद। बंद कर चुके स्टॉलिंग दिखा रहा है। इतना कंसल होने वाला है टाइम लेगा ये कंसल कर रहा है हां कैंसिलिंग हो रहा है चलिए ये गुड्डी वाला ही स्टॉक रहता 12000 ठीक है तो हमेशा जहाँ पे सेव कर रहे हैं फाइल कहीं यहीं पे ही रखा है वो हमेशा वो वर्कबुक ओपन होके ही सेव होगा विदाउट मतलब कोई ऐसा है नहीं उसमें पता नहीं क्या हुआ है है है कि डाउनलोड हो हो रहा है, एक हो रहा एक कैंसिल ऐसा होता नहीं मेरे पास तो एस एस बी है पता नहीं क्यों टास्क मैनेजर से कैंसिल कर दे फिर बंद हुआ है ऊपर भी है थर्टी टू बेट वो गूगल इंस्टॉलर वो भी है ना Wow. पहले से भी डाउनलोड में कर रखना चाहिए था आप पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग या पता नहीं कोई बात है है तो है ना ना उसे ओके ठीक टाइम लग रहा इसलिए उसके बाद अच्छा, कोड वर्क करेगा गूगल करेगा तो एक गूगल में ट्राई कर रहा था उससे पहले हम लोग ड्रॉप यूज करते थे क्योंकि उस समय गूगल ड्राइव को उतना तो क्रेज नहीं था जिसे मैंने इस कोड को किया आ, था ड्रॉपॉक्स होता था उसमें क्या होता था कि हमने यहाँ पे फॉर्म भर दिया डेटा उसमें सेव कर दिया और Dropbox दे उसको अपडेट कर दिया आ, और सेम आपका गूगल ड्राइव भी करता है उसको भी मैंने एक बार ट्राई किया था लेकिन अनुद्र प्रोजेक्ट के लिए किया था आ, तो उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं आप ठीक है तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखेगा से जी ठीक है ठीक है जी तो ये क्लाउड पे हो, हो जाएगा सिर्फ सिर्फ उसका पात मुझे देना पड़ेगा अलग से जी, जी, जी. कर, कर करेंग ओके चलिए मिलते हैं कल कल हम बात करेंगे के बारे में, ठीक है ओके ओके ऑलराइट